बता छे लाल ला श्याम बुला छे आओ बड़ी शहीद छोटा ऊंचे उल्लू बुलाओ उसे ऊन बुलाओ उसे ऊन चले गुड फिर हम कहते हैं बाहर तरफ पुष्ट करें इसको हम इवर्जन या आउटवर्ड मूवमेंट कहते हैं cheyalat So they don't get scratched all good so far uh, those lenses are plastic of course but they do look quite good uh, in fact overall not a bad impression uh, notice that little screw thing Oh so oh, clean Uche oh, uchli oh, karenge okay. aur achhe tarike se hame pehle to ise kutna hai aur uske baad gol gol ghumate hue hame ise crush karna hai taki jitna bhi portion hum log use में कैरेट तो ना खराब हो। ये बहुत जरूरी चीज है खाली बजावाली